मध्य प्रदेश में शराबबंदी पर सियासी घमासान अब और तेज हो गया है प्रदेश में शराबबंदी को लेकर बीजेपी में भी दो भाग दिखाई दे रहे हैं भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा है प्रदेश में शराब बंद होनी चाहिए पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के बाद अब भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने शराबबंदी आरोप बयान दिया है उन्होंने कहा एम में शराब बंद होनी चाहिए इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और जो राजनीति करते हैं वे अंधेरे में घर में शराब पीते होंगे इसलिए राजनीति करते हैं साध्वी ने ये भी कहा कि कुछ कांग्रेसी उनके यहाँ शराब लेकर आए थे उन्होंने कहा ये बेधर्मी लोग संत को शराब पिलाने लाए थे इनको शर्म आनी चाहिए ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवा को आतंकवाद से जोड़ा था उन्होंने ये भी कहा कि शराब के कारण एक पूरा परिवार खत्म हो रहा है शराब पूरी तरह से बंद होनी चाहिए बिल्कुल शराब बंद होना ही चाहिए मैं खुल के शराब विक्रय का विरोध करती हूँ और जिससे हमारा समाज अधिक की ओर जाए जिससे हमारे परिवार क्लेश में रहे युवा अवस्था में पुत्र चला जाता है तो पिता और माता को कितना कष्ट होता होगा बहनों को कितना कष्ट होता होगा पत्नी को कितना कष्ट होता होगा ये हम सब समझते हैं लेकिन राजनीति राजनीति होती है और इसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए और जो राजनीति करते हैं निश्चित रूप से वो अपने घरों में अपने अंधकार के रूप में रहते होंगे और पीते होंगे इसलिए उनको बड़ी पीड़ा हुई हमारे बंगले पर कुछ कांग्रेसी लोग गए और शराब की बोतल को लेकर के गए शर्म आनी चाहिए उन लोगों को उन कांग्रेसियों को और पूरे कांग्रेस के लोगों को ये शर्म आनी चाहिए एक तो तुम सन्यासी के घर गए उनको शराब भेंट करने गए तुम्हारी समझ में ये नहीं आता कि तुम समाज के वो कोड़ हो जो बुराई का साथ दे करके और समाज को अध्योगिक की ओर लेकर के जाते हो और लोगों को मरने के लिए मजबूर करते हो ऐसे कांग्रेस की विधर्मी मानसिकता ऐसे कांग्रेस की अनैतिक का मानसिकता और ऐसे कांग्रेस की समाज विरोधी मानसिकता का मैं विरोध करती हूं और लज्जा आनी चाहिए उन लोगों को जो भी हमारे बंगले के समक्ष पहुंचने का प्रयास कर रहे थे पर पहुँच नहीं पाएंगे क्योंकि सन्यासियों को शराब पिलाने की तुम्हारी औकात नहीं है भगवा को आतंकवाद कह कर कि तुमने जो पाप किया है उसको तुम्हें जन्म और जन्मांतर तक भोगना पड़ेगा संगीत की स्वर लहरियों से। सांस्कृतिक ताने बाने तक चंबर के भीड़ों से। नक्सलवादियों के गढ़ झोपड़ी से महलों तक ठेलों ऐसी मेलों तक पगडंडियों ऐसी सड़कों तक गाँव ऐसी शहरों तक व्यापार ऐसी उद्योगों तक राजनीति ऐसी